प्राचीन काल से ही जल संग्रहण को भारतीय धार्मिक कार्य मानते आ रहे हैं हमने जल स्रोत एवं जल संग्रहण में उत्कृष्टता हासिल की है हम ऐसा कह सकते हैं कि भारतीयों ने जल संग्रहण में उत्कृष्ट कार्य किया है विविधता में एकता वाले हमारे इस देश में जल संग्रह में भी क्षेत्रीय विभिन्नता देखने को मिलता है लेकिन हर राज्य में जल संग्रह प्राचीन काल से ही होता आया है आज सर्वप्रथम देश के भिन्न भिन्न भागों का जल संग्रहण विधि को हम संक्षिप्त रूप से समझेंगे और एक संक्षिप्त वीडियो क्लिप आपको बना करके हम भेज रहे हैं इसको आप लोग समझिएगा इसमें कुछ चित्रों को भी मैंने समाहित किया है ताकि आपकी एक अच्छी समझ बने तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें आपको एक चित्र दिख रहा है जिसमें एक छाता है और छाता में वर्षा के जल को संग्रहित किया गया है और छाते में एक नल लगाया गया है जब वर्षा समाप्त हो जाएगी तो छाता में जमा पानी का प्रयोग उस नल के द्वारा किया जाएगा मतलब वर्षा के जल को एकत्रित करके बाद में उपयोग करना ये वर्षा जल संग्रहण कहलाता है वर्षा जल संग्रहण की एक परिभाषा मैंने इसमें डाली है कि वर्षा के पानी का बाद में उत्पादक कामों में इस्तेमाल के लिए जमा करना या इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है इसी को अंग्रेजी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं आगे है कि भाई हम लोग रेन वाटर हारवेस्टिंग की बात करते हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या करते हैं कि वर्षा का पानी हम लोग रोकने का काम करते हैं कहीं जोहड़ बना देते हैं कहीं गड्ढा बना देते हैं कहीं तालाब बना देते हैं और पानी को रोकते हैं जमा करते हैं वर्षा जब समाप्त हो जाती है तो कई महीने तक इसके जमा जल का प्रयोग नहाने धोने पीने के लिए हम लोग करते हैं यही वर्षा जल संग्रहण है और यह संग्रहण प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है अब है क्या कि प्राचीन काल से ही जल संग्रहण की जो ये विधियां हैं जो विभिन्नताएँ हैं इनको हम लोग आगे जा कर के देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र में जल संग्रहण का कार्य कैसे होता है उत् हमारे भारत के उत्तरी क्षेत्र में हिमालय पर्वतमाला अवस्थित है जिसकी चोटियां सालों भर बर्फ़ से ढकी हुई रहती है और उबड़ खाबड़ है तो वहाँ पर जल की जरूरत है और वहाँ के लोग जल का प्रयोग कैसे करते हैं तो हिमनदों से हिमों से निकलने वाली नदियों से लोग एक छोटा सा नाला बना करके अपने गाँव में पानी को ले जाते हैं जिसको गुल कहते हैं यहाँ पर चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि एक नदी की धारा है और नदी की धारा से एक नाला बना करके लोगों ने आगे लेकर के एक तालाब में इसको इकट्ठा करने का काम किया तो इसको गुल या कुल कहते हैं गुल या कुल जो होता है या पश्चिमी हिमालय राज्य जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक होता है इसमें क्या होता है कि जब नाले से हम पानी नदी से पानी लाते हैं तो एक नाला बनाते हैं कच्चा नाला है यहाँ पर देखिए पहला तस्वीर में दिख रहा है और नाले के फिर क्या है दूसरे में आपको दिखा रहे हैं कि ये नाला इसकी मरम्मती बराबर आवश्यक है तो वर्षा में इस नाले से बहुत अधिक पानी लाने के क्रम में यह टूट गई है और फिर इसको कई तरीके से पत्थर वगैरह देकर के रोकने का प्रयास किया गया है फिर इसमें सफलता नहीं मिली तो कई सारी सरकार की योजनाएं चलती है और उस योजना के तहत यहाँ पर पक्के नाले का निर्माण किया गया है पक्की नाली बन गई है इस पक्की नाली में भी भविष्य में जाकर के परेशानी होगी गाद बैठ जाएगा और इसके साफ़ सफ़ाई पर भी कार्य किया जाएगा तो ये खैर भविष्य की बात है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को जानना है ये बाद में जानेंगे तो इसे गुल या कुल कहते हैं सीधी बात है कि झारखंड की जो पक्की नालियाँ या कच्ची नालियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान एक जगह से मोड़ करके तालाब में भरने का जो काम करते हैं जिसको हम लोग नाला कहते हैं उसको यहाँ पर गुल या कुल कहते हैं अगली चीज़ है कि छत जल संग्रहण छत जल संग्रहण जो है ये राजस्थान की ही प्रमुख चीज़ है छत जल संग्रह जो है यहाँ पर याम कार्य है पूरे भारत में इसको अब फैलाया जा रहा है पूरे विश्व में इस पर काम किया जा रहा है इसमें क्या करते हैं कि छत के जल को चूँकि वर्ष राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है तो पानी ए, की परेशानी होती है तो पानी का प्रयोग करने के लिए वर्षा का वर्षा के समय में जल के जो छत पर जल आता है उस जल को एक बड़े टंकी में जमा कर लिया जाता है और उसको फिल्टर करके फिर से प्रयोग किया जाता है ये पद्धति इसको विशेष करके लेटरिन रूम वगैरह में प्रयोग करते हैं और बर्तन धोने में मवेशी को धोने में मवेशियों को पिलाने के लिए उपयोग किया जाता है नहाने के लिए भी लोग उपयोग करते हैं अब क्या है कि यह सिस्टम पूरे देश में जब लागू हो गया तो पक्के घरों में जहां दो मंजिला घर है ऊपर के छत ऊपर मंजिल से ऊपरी मंजिल के छत से पानी को फर्स्ट मंजिल वाली छत पर अवस्थित टंकी में भर दिया जाता है और उसके घर के अंदर प्रयोग करते हैं फिर क्या है कि पूरे छत के पानी को ज़मीन के नीचे भी लोग जमा करके उसका उपयोग बागवानी वगैरह में करने का काम करते हैं यही वर्षा जल वर्षा छत जल संग्रहण है इसको वाटर रिचार्ज करने भी कहते हैं इसके कच्चे कच्चे टंकी बनाए जाते हैं और कच्चे टंकी में भी पानी को जमा कर देते हैं अब क्या है कि हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में क्या है कि वर्षा जल के संग्रह करने के लिए लोग पक्की टंकी का निर्माण करते हैं टंकी के आसपास बालू रख देते हैं और बालू वर्षा का जल जो है उससे छन करके रिश करके फिर यहाँ पर जाता है और इसमें जमा हो जाता है और ऊपर से फिर लोग निकाल करके इसका प्रयोग करते हैं जिसको टांका कहते हैं टांका टांका ठीक है उसके बाद क्या है दूसरी चीज़ है कि वर्षा का जल जो है वह बह जाता है उसको रोकने का काम किया जाता है हमारे यहाँ जो चेकडैम बनाया जाता है उस चेकडैम के सिस्टम से पहले कच्चे चेकडैम होते थे हमारे यहाँ और इसका नाम आज चेक डैम दे दिया पहले हम लोग क्या कहते बांध कहते थे तो पानी जो है वह जमा हो जाता था है, और उसका उपयोग भविष्य में किया जाता है विशेष करके झारखंड में हम लोग ठंडा के दिन में करते हैं जहाँ गेहूं वगैरह लगाते हैं तो राजस्थान में इसको वर्षा के दिन में ही करते हैं और क्या है कि वहाँ पर पानी जब जम जाता है और बहुत अधिक पानी हो जाता है तो ऊपर से वो निकल जाता है और कम होता है तो उसके लेवल में बना हुआ रहता है और नीचे से भी रिश्ने काम करता है जिसके चलते नदी जिंदा रहती है नाला जिदी है तो नाला जिंदा रहती है नाला जिंदा रहता है उस जिसको खदीन कहते हैं खदीन के बाद क्या है कि मैंने इस चित्र को पहले भी दिखाया था कि पानी जो है जमा हो जाता है हम लोग जमा करने का जो काम करते हैं मतलब गड्ढा बना दिए और गड्ढे में पानी को जमा कर दिए वर्षा के जल को जिसको जोहड़ कहते हैं राजस्थान में टांका खदीन और जौहड़ राजस्थान के जल स्रोत हैं और इस पर आपको वर्णन करने के लिए भी मिलेगा जिसको आप लोग जरूर वर्णन कीजिएगा उसके बाद है वर्तुल वर्तुल क्या है कि तालाबों की एक श्रृंखला है कंटिन्यूअस पॉन्ट्स सीरीज सीरीज इज कॉल्ड वर्तुल वर्तुल हिंदी शब्द है कि ऊपर में एक बड़ा सा तालाब है और वर्षा के जल को यहाँ संग्रहित किया गया फिर भी वर्षा बहुत अधिक होने लगी और तालाब के टूटने का डर हो तो ऊपर से इसके पानी को निकाल करके नीचे के में एक तालाब है उसमें जमा किया जाता है फिर तीसरे में जमा किया जाता है चौथे में इस तरह से तालाबों की एक श्रृंखला बन जाती है जिसको वर्तुल कहते हैं वर्तुल के बाद बात करते हैं हम लोग मेघालय की मेघालय में जो है वर्षा बहुत अधिक होती है ज़मीन उबड़ खाबड़ है पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर पानी जो है बांस के माध्यम से खेतों तक पहुँचाया जाता है पहाड़ों से ऊपर ऊपर लटका करके बांस को एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से पानी को पहुँचा देते हैं लोग जिसको बाँस ड्रीप सिई कहते हैं और इसके बाद है कि भारत में जो है हमने भारत के नक्शा पर आपको दिखाने का काम किया है कि भारत में अलग अलग जगहों पर जो वर्षा जल संग्रह है वर्षा जल संग्रह हर जगह करते हैं लेकिन वर्षा जल संग्रह करने का जो तरीका है वह अलग है वर्षा जल संग्रहण की जो विधि है वो अलग है और इसका नाम भी अलग अलग जगहों पर अलग है जैसे यहाँ पर मैंने एक चित्र दिया है और इस चित्र में आप देख रहे हैं एक तालाब है बड़ा सा तालाब तो ये तालाब जो है जंगल में है और इस तालाब को हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये तालाब है या ये है इसको राजस्थान में जोहड़ कह देगा तो बिहार में आहार कह देगा हमारे यहाँ तालाब कहेंगे तो हर जगह अलग अलग नाम है इन नामों को जानना ज़रूरी है और जिस चीज़ को जैसे टांका कह देगा तो टांका के बारे में आपको लिखना पड़ेगा राजस्थान उसका चित्र बना हुआ रहेगा तो हम झारखंड की भी बात करते हैं कि झारखंड में वर्षा जल संग्रह के लिए बड़ी बड़ी टंकी बना दी जाती है और पानी को जमा किया जाता है जिसको टंकी कहते हैं लेकिन टंकी की बात कभी नहीं आएगी क्योंकि टंकी कहीं झारखंड में जहाँ कहीं भी है वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम नहीं किया जाता है वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो सप्लाई वाटर है उसको वहाँ जमा किया जाता है और जबकि राजस्थान में जो टंकी बनती है टांका जिसको कहते हैं वहाँ पर वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है ये क्लास टेंथ के लिए है लेकिन आप सारे लोग समझ रहे हैं और बहुत साधारण तरीके से मैंने चित्रों के साथ समझाने का काम किया है संभव है आप सारे लोग समझ गए होंगे, धन्यवाद